अगर आप फ्री फायर खेलते हो तो आपने ज्ञान गेमिंग का नाम जरूर सुना होगा ज्ञान गेमिंग को ज्ञान सुजन ने 1 सितंबर 2017 को स्टार्ट किया था और अभी इस चैनल पे 11.7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं इस चैनल का गेमिंग रैंक सिक्सटी और कंट्री रैंक 120 है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं ज्ञान गेमिंग चैनल पिछले थर्टी डेज़ में फाइव के सब्सक्राइबर गेन किया है और ये चैनल मंथली ट्वेंटी के टू थ्री हंड्रेड के डॉलर अर्न करता है बीस हज़ार डॉलर पर मंथ इसका मतलब चौदह से पंद्रह लाख महीना पिछले कुछ दिनों का डाटा स्क्रीन पर दिया हुआ है और आप इस डाटा को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज्ञान गेमिंग चैनल सालाना कितना अर्न करता होगा मेरे हिसाब से गान गेमिंग चैनल वन करोड़ टू टू तू करोड़ ईयरली कमाता होगा या और इससे ज़्यादा भी कमा सकता है वो एडवर्टाइजिंग पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार का एडवर्टाइज चल रहा है और कितना एडवर्टाइज चल रहा है या फिर कभी कभी तो एडवर्टाइजमेंट दिखाता ही नहीं है जिसके चलते आप डाटा में देख सकते हैं कि कभी सात सौ डॉलर कभी आठ सौ डॉलर कभी वन के डॉलर कभी सिक्सटीन के डॉलर तो परफेक्ट अर्निंग डिटेल नहीं बताया जा सकता ये एक एवरेज अर्निंग डिटेल है आप ऊपर डाटा में देख सकते हो कि तेरह तारीख को एक लाइव वीडियो है उस लाइव वीडियो का अर्निंग नहीं शो कर रहा अभी तो कुछ दिनों के बाद शो करेगा